ये मेरी मसल्स देख रहे बड़ी मेहनत लगती है इसे मेंटेन करने के लिए। अपने अनुभव तो की बात तो इसका मतलब सेफ और हेल्थी प्रोटीन की आवश्यकता होती है दुनिया भर के रिसर्च में यह बात सामने आई है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे खान पान में शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमें प्रोटीन नहीं मिलता इसीलिए वो मेल हो फीमेल हो बॉडी बिल्डर हो एथलीट हो प्लेयर हो कोई भी उन्हें प्रोटीन शेक यानी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है ताकि आपके शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके दुनिया भर में ऐसे कई प्रोटीन शेक्स हैं कई प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, जरूरी नहीं सब जनमेंट है इसलिए ऐसा एक प्रोटीन सप्लीमेंट मैं आप लोगों तो को रिकमेंड जरूर कर सकता हूं जो आजकल मैं भी ले रहा हूं और ट्राइड इंटरेस्टेड भी है एसक्रिपियस का मसल टॉक जी हां कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट फ्री ग्लूटिन फ्री यूनो नैक्ट्रोस फ्री स्पॉर्ड फ्री एक स्कूप की प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि विटामिन ए विटामिन बी बी टी सिक्स विटामिन सी डी e. सारे विटामिन के कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं यहां तक कि मसल डॉक में फॉलिक एसिड बायोटीन कैल्शियम आयर्न ऐसे सारे मिनरल्स का भरपूर कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है ताकि आपके मसल्स को पोषण नहीं हो इतना सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया लेकिन आपको पता सिर्फ तब लगेगा जब आप इसे ट्राइव करेंगे इसे खरीदने की यानी कि मंगवाने की जो जानकारी है आपकी स्क्रीन पर फ्रैश हो रही होगी यही कहूंगा कि मंगवाइए ट्राई कीजिए और फायदे मिले मेन